बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीएम के हवाई सर्वेक्षण पर कमलनाथ के तंज पर गृह मंत्री कमलनाथ जी ट्वीट से जनता के आंसू पोछ रहे हैं सीएम जनता के बीच जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रवक्ता जयवीर सिंह का इस्तीफा आया आनंद शर्मा का आया गुलाम नबी आजाद ने आजादी ले ली पहले इनको कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में कमलनाथ और गहलोत का नाम आने पर उन्होंने कहा कमलनाथ या गहलोत आशीर्वाद देना चाहिए किसी युवा को अध्यक्ष बनाएं। वहीं उन्होंने कांग्रेस की 2023 की तैयारियों पर कहा हर चुनाव से पहले बैठकें करते हैं लेकिन परिणाम सबके सामने हैं पूर्व के परिणामों को देखने क्या हाल हुआ है कांग्रेस का आगे भी यही होगा कल कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर सेल शेरगिल जी का इस्तीफा आया कांग्रेस परसों नरसों आनंद शर्मा जी ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया एक हफ्ता पहले गुलाम नबी आज़ाद ने अपने पदों से आज़ादी ले ली मेरे ख्याल से कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है भारत जोड़ों की चिंता राहुल गांधी नहीं करे भारत पूरी तरह से संगठित है मुट्ठी की तरह मोदी जी के नेतृत्व तो में आगे बढ़ रहा है एप लोन को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि साइबर पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आरबीआई के बिना गाइडलाइन के एप लोन चला रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और बांधो के ओवर को लेकर मिश्रा ने कहा की अभी भी दस मार्ग बंद है कोई भी रिस्क नाले इन मार्गो आरोप न जाए थोड़ी प्रतीक्षा करे उसके बाद ही निकले अभी भी दस मार्ग हमारे बंद है मध्य प्रदेश और सभी लोगों से प्रार्थना है कि कोई रिस्क न लें इन दस मार्गों पर श्योपुर कोटा श्योपुर बारह सोपर माधोपुर चंदेरी ललितपुर भोपाल नागपुर विदिशा अशोकनगर कुरवाई बीना होशंगाबाद पेरिया ऐसे दस मार्ग रायसेन सांची होशंगाबाद हरिदा ऐसे दस मार्ग अभी भी बंद हैं और सभी से प्रार्थना है कि अभी इस पर कोई रिस्क न लें थोड़ी प्रतीक्षा करें चूँकी अभी बारिश दो चौबीस घंटे से थमी हुई है और पानी तेजी के साथ नीचे उतर रहा है वर्ल्डिंग डिलीवरिंग दैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन